तो गाइज़ ये रहा इंडिया गेट जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि ओपोजिट साइड में धूप है मुझे उस तरफ जाकर के फ़ोटोज़ वीडियो क्लिक करने होंगे तब क्लियर व्यू आएगा सो गाइज़ ये रहा इंडिया गेट के कुछ इंटरनल पार्ट्स जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं काफ़ी क्लीन रखा जाता है यहाँ पर साफ़ सुथरा का काफ़ी ध्यान रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई डस्ट न आए तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो खाने पीने का सामान लेकर के आया करो क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको दो तीन घंटे आराम से यहाँ पे एक्सपेंड करने चाहिए बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत मज़ा आएगा ये मेरे भान जो कि काफ़ी क्यूट दिख रही है वीडियो में तो गाइज़ आप यहाँ पे आइए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो यहाँ पर आने के पहले आप खाने पीने का सामान ज़रूर ले लिया कीजिए ये रहा कुछ वो सुभाष चंद्र बोस जी जो कि उनका स्टेचू बनाया गया है और ये रहा इधर इंडिया गेट और इधर जो हैं अपने सब जो विजिटर आए हैं अपना आनंद ले रहे हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है इस यहाँ पे आइए और बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा घूमिए बहुत बड़ा फील्ड है इधर वो देखिए कितने सारे लोग उधर हैं इधर हैं बहुत सारे बंदे यहाँ पर आए हुए थे जो कि आपको दिखाया जा रहा है और वो रहे अपने चंद्र जी सुभाष चंद्र जी जो कि खड़े हैं और हमारे अभी तक रक्षा कर रहे हैं तो ये रहा हमारा इंडिया गेट अब चलिए इधर से दिखा दिया जाए ये देखिए क्लीन व्यू इंडिया गेट का काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शानदार दिख रहा है अपन का इंडिया गेट जो कि इंडिया देखिए इंडिया गेट बहुत कुछ लिखा है दीवारों पर जो कि आपको पढ़ना चाहिए मैंने उतना वीडियो में क्लिप नहीं लिया है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है और आपको यहां पर ज़रूर आना चाहिए क्योंकि अपना इंडिया का ये जो है सात अजूबों में से एक है और हाँ और भी बहुत जगह हम लोग घूमने के लिए गए हैं तो वो क्लिप बाई क्लिप आ, पार्ट बाई पार्ट वीडियो में आएगा जैसे कि रॉड जामा मस्जिद और बहुत से कुछ तो सब आपको दिखाए जाएंगे एक एक वीडियो में एक एक जगह का भी दिखाया जाएगा आप लोग को इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा उस वीडियो के बाद और वीडियो आएगा तो ऐसे पार्ट बाय पार्ट रिलीज़ होते रहेंगे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए सब वीडियो क्योंकि सब वीडियो में जहाँ जहाँ मैं घूमने गया था सब जगह का आपको ज़रूरत में मतलब सबको सब दिखाया जाएगा तो वीडियो पूरा आप देखिए और का वीडियो कैसा लगा वो भी आपको बताना है ये हमारा है इंडिया गेट और चलिए थोड़ा उधर का व्यू आपको दिखा दिया जाए तो ये रहा आ, आउटसाइड व्यू इधर एक छोटा सा ये बना दिया गया है पहले नहीं बनाया गया था और ये रहा अपना इंडिया का फ्लैग्स जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है और बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर आप लोग बेफिक्र रहिए और घूमने के लिए ज़रूर आइए ये रहा साइड से राइट साइड से व्यू इंडिया गेट का और ये रहा कुछ वाटरफॉल्स छोटा सा बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में वो देखिए वहाँ पे एकदम उबलता हुआ ऐसे लग रहा है जैसे उबल रहा है लेकिन वहाँ पे झरना फिट किया गया है ताकि देखने के लिए अच्छा लगे तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आ, और ये रहा व्यू अब चलिए थोड़ा इस साइड का व्यू दिखाया जाए तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से अपना दिखता है पूरा इंडिया गेट के आउटसाइड व्यू ये बीच में एक तालाब जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए दर्शनीय स्थल पे ऐसा ऐसा जगह होना चाहिए इसका गार्डन जो है काफ़ी अच्छा लगा भले ही उतना फूल पौधे नहीं हैं बट सही है और ये रहा अंदरग्राउंड बाहर जाने का रास्ता ताकि कोई भी जो है अंदर से बाहर उस साइड चला जाए और जो बीच में है वो रोड है ऊपर साइड में तो हम लोग अभी जाने ही वाले हैं बहुत घुमाई हो और ये रहा यहाँ का फोटो जो कि आप देख करके समझ सकते हो कि किधर क्या है और ये रहा मैप मैप में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कुछ कुछ लिखा भी है और ये रहा इंडिया गेट और ये रहा उसी का एक डायनेमिक व्यू और ये भी इंडिया गेट का ही है तो अभी हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं इसी रास्ते से तो जितना हो सके मैं आपको दिखा दिया इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है यहाँ पर तो आप लोग ज़रूर घूमने के लिए आइए और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा